तो इस एग्जांपल में हम फ्लैग फिल के बारे में बात कर रहे हैं फ्लैग फ्लैग फिल का यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम सेल से या एक रेम से एक पार्ट को अलग करने के लिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेम है राइट अब इस नेम में से मुझे फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग करना अब इसके लिए आप जो है बहुत सारे फॉर्मूले है लेफ्ट राइट मीट वगैरह यूज कर सकते हैं लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है यहां हम जस्ट अगले वाले कॉलम में एक नाम मेनुअली टाइप करेंगे जिससे पूजा हमने मेनुअली टाइप करके एंट्री प्रेस कर दिया फिर उस पी पे कर्सर रखा फ्लैश फील यहाँ फील के अंदर फ्लैश फील जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई उसको क्रिएट कर दिया क्लिक करते ही देखिए इससे पहले वाले कॉलम में जितने भी नेम थे सारे में सारे यहां पे आ गए इसी तरह से मुझे लास्ट नेम चाहिए तो मैं यहां पे सिंह लिखा और लिखने के बाद सिलेक्ट किया और यहीं पे हम फ्लैश पे क्लिक कर लिया तो यहां शर्मा आ गया तो इसका यूज हम कर सकते हैं तरह से यहां पे आपके सामने डेट है हमारे पास और डेट में मान लीजिए मैं कुछ डेट्स डाल देता हूं और मुझे इन डेट्स में से मंथ को अलग करना तो यहां हम सेप्टेंबर लिखेंगे एक मंथ लिख देंगे और फिर यहां फ्लैश फिल करेंगे सारे मंथ अलग हो गए उसी तरह से यहां पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं मुझे इस नंबर से अगला आगे का दो डिजिट उठाना तो हम क्या करेंगे यहां पे फिफ्टी टू लिखेंगे आगे का दो डिजिट डिटाना एफ्टी फाइवी फाइव लिखा परस रखा और फ्लैश फिल कर दिया तो आगे का दो लेटर इसने निकाल लिया आपने यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हैं डिशमल्स में जैसे कि एट फाइव थ्री सिक्स एट फाइव नाइन सिक्स फोर फाइव सिक्स थ्री तो मुझे डेषमल्स अलग करने हैं तो यहां पे जीरो पॉइंट थ्री सिक्स लिखा सेलेक्ट किया और यहां पे हमने कर दिया फ्लैश डेसिमल ड बट प्रॉब्लम कहा होती है प्रॉब्लम होती है जब आपके डिजिट मिसिंग होते हैं जैसे कि मैंने यहां पे डाल दिया एब क्या होगा कि अगर मैंने एवं लिखा एंटर माना क्लिक किया और हम जब यहां जाते हैं फ्लैश फिल में तो फिर यहां आपका 85 आ गया तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको बीच का वैल्यू मान लीजिए मुझे लास्ट लास्ट के, के ला, का एक वैल्यू चाहिए दो निकालना लास्ट एक मीटर चाहिए तो हम यहाँ पे टू को लिखा और तो फिर फ्लैश फिल करते हैं। तो यहां देखे इसने ब्लैंक यहां ले आया क्योंकि ये सब तीन डिजिट थे तीन डिजिट थे ना इसलिए तीन डिजिट इसने Uh, हिसाब से इसने सही करेक्ट निकाला लेकिन जैसे डिजिट कम ज्यादा हुए इस पर या आपको यहां पे दिक्कत दे दिया तो इसलिए सारे प्लेट स्ट्रीम से काम नहीं कर सकते इसलिए हम लोग लेफ्ट राइट मिड का भी इस्तेमाल करते हैं ओके